एक और बड़ी खबर दिल्ली में सारे बेड भर चुके हैं जिस कारण दिल्ली सरकार ने वहां किया है कि 10 मई तक 1200 बेड और प्रोवाइड किए जाएंगे जितने भी हस्पताल को अपना वहां पे पेशेंट को सारी फैसिलिटी जल्दी से जल्दी जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी और जितने भी पेशेंट जिन्हें फैसिलिटीज नहीं मिल रही है उन पर दिल्ली सरकार अभी काम कर रही है तो देखते हैं कितनी जल्दी दिल्ली सरकार बेड प्रोवाइड करती है और कितनी जल्दी इस महामारी से लोग बचते हैं